so hello guys welcome back to the desi gamers so guys आज हम लोग खेलने वाले हैं one versus one friendly match with jaanti gaming हमारे jaanti way के साथ तो let's see guys इस game में क्या होता है चलो jaanti way match को शुरू करते हैं so guys अमित भाई versus jaanti gaming last time jaanti way ने मेरे को हरा दिया था jaanti way आप ready हो मैं सोच रहा हूँ desert eagle ले लेता हूँ बस bye रहने दो चलो दोनों desert eagle चल रहा था नहीं नहीं भाई ऐसे क्या हिसाब है दोनों दे से भाई भाई हमने भी ले भाई so भी ले ले लिया कट्टा कुछ लास्ट लास्ट टाइम टाइम हमको पर ने हरा दिया याद रखूंगा जीरो से हरा दूंगा ये सब याद रखने लगा तो हो गया काम ओ भाई हम ओ, ओ भाई। ओए ओए भाई गलत बात है यार गलत बात U.S.P से मार दिया रामखोर भाई मतलब कुछ दिल को सुकून आ रहा है मैं ना यहाँ पर पहला राउंड जॉन्टी भाई ने जीत लिया है अभी मैं लूंगा जोड़ी भाई इस मैंने डेज़र्ट ले लिया है ठीक कुछ भी ले लो भाई, लो अब एलिमिनेट मार तुम बस मैं मैं तुम्हें तुम्हें बता रहा ना से बोला था कोई बात नहीं नहीं हो सकता है तुम्हें करने का मौका तक दूंगा है यार, सर। बस यार, बस यार बस इतना आप जहाँ पर स्पोन होते समुन्द्र है उधर एलिनेट कर लो भाई तुम एक काम करो तुम्हारे पीछे एक जोन आ रहा होगा उसके पीछे जाके घुस जाओ ठीक है मेरी घोड़ी से मरोगे जोटी भाई एकदम अरे तुम आओ भाई डरता है, डरते तो नहीं तुम मुझसे अरे अरे भाई अभी अभी तो अभी, अभी मैंने डिजिटेगल से कैसे मारा देखा ना सर दो मुंडा लेके क्या उछल रहे हो रहे हो तुम हो ना तुमको तुमको डैमेज डैमेज डैमेज डैमेज पड़ा पड़ा। ना? नहीं नहीं नहीं फेक फेक है। है है? सच्ची बोलो। कसम से बस का का अरे आजकल बहुत ज़्यादा दिखाता यार। मेरा मन नहीं कर रहा मारने पता है? ओ भाई भाई साहब। बा... बा... ग्लू लगाई थी पर लगी नहीं भाई कोई बात नहीं सची होता है यार मेरा मेरा मेरा राइट हैंड काम नहीं कर कर रहा अभी से you know? so पर हमने कर लिया है दो एक की बढ़ोतरी बहना नहीं चाहिए इतना गंदा मारो ना हारने के बाद मेरे को बहना नहीं चाहिए ठीक है भाई मत तुम... आ... तुम। बोलना तुम्हारा वीडियो खराब हुआ ठीक है ना क्यूँकी बहुत गंदा मारा और नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है यार ओए भाई, ओ भाई। अरे थोड़ा नेटवर्क का इशू भी चल रहा है यार अरे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू चल रहा है वाल, वाल मेरा नेट चल रहा है। ओ, भाई ये बाने नहीं रहा। भाई ये नहीं ओए यार मैंने मारा क्यों नहीं डर तुम्हारे हाथ ही वैसे काप रहे हैं कि सामने चौंटी है अबे सही बता दो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं ना मेरा नाम देखिए भाई देखो भाई तुमने मेरी चड्डी फाड़ दी <laughs> भाई बस भाई कसम से चड्डी फाड़ दी तुमने मेरी बस अमित भाई डर तो नहीं लग रहा डर थोड़ा थोड़ा डर का माहौल है अबे तुम्हारे हाथ काफ रहे यार अबे अवैध भाई बाई यार भाई यार, यार। तुमने किया किया। भाई।, भाई। किया। यार। भाई ऐसे एलिमिनेटर नहीं होना भाई देखो ये क्लास ये क्लास कौन में, में जोन बेटे कौन करता है यार भाई भाई भाई भाई जोन जोन जोन किया मैंने भाई तुम एलिमिनेट हुए हो भाई। देखो यार यार अमित हार वैसे मान लो यार ये जोन जोन का यार भाई। so guys, पर आप, आप लोग कमेंट में बताना सीखे जो लोग यहां पर दिख रहे हो गाइस वीडियो तो को पूरा बिना देखिये आप लोग पहले कमेंट करो और बताओ की कितना हो सकता है यहाँ पर स्कोर हो तुम मेरे पीछे तो ग्यारह मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई कि है किधर यार ओए भाई भाई हेड कितना पड़ा? मेरे को पचास आलोक ने फुल चार्ज कर दिया ओह ओह ओह भाई पोल पोल के दो मुंडा ले लिया था इसीलिए मेरे को चढ़ के मार दिया यार, कितने मारते हो यार तुम्हें खेलने वाले का हुआ है की नहीं है भाई तुम्हें बताओ कुछ करके दिखाओ भाई जो पॉइंट का लीड है यार तो और क्या? भाई, भाई, भाई गलत है यार मैं तीन चार की करता लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं कमी ठीक है फिर तुम तो डर जाओ ज़ोन के बाहर वैसे कोई बात नहीं है तो। कोई बात नहीं है सर ओए भाई मारा था ओए ड लगा, लगा था यार वन टेप लगाते यारेड ये, ये कहां से निकल गए भाई कहां से कहाबी हेड शॉट अरे भाई भाई तुम्हारा आईडी चेकिंग के लिए देने जा रहा हूं बता रहा हूं तुम ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो भाई भाई मैं हैकर हूं हैक कौन किया मैंने भाई कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने सच्ची बोल रहे हो भाई मैं कसम से जिंदगी तुमने नीचे से नीचे से ऊपर कैसे मारा पहले हेड तो ये बताओ नहीं मैं ऊपर चढ़ गया ना सर पूरा सीढ़ियों से और तुम्हारा ग्लूआ कुछ भी अरे तुम्हारा ग्लूआ थोड़ा टेढ़ा था कुछ भी यूज कर भाई तुम ओम भी यूज कर सकते हो ऐसे तू माने मत बोलना वेरो हां तुम ऐसे भी मेरे कुछ भी मार नहीं सकते मेरे को पता है तुम ओम भी यूज कर सकते हो बात नहीं मैं ओम तो, मैं ओम कभी यूज नहीं करता मेरे को ओम ना एकदम वाहियात लगते है तुम भगवान से डरो मैं डेजर्टिकल यूज नहीं करता वरना डेजर्टिकल से मारता भाई ओपी भाई था नहीं करता नहीं तुम करना क्या जहरीला आदमी हो भाई तुम भाई आज से मैं इस बंदा करना बंद करूंगा क्योंकि इसने मेरे को दो बार धोखा दियाल का धोखा बड़ी वाली डेजर्टिकल लेके आया तो यूज ही नहीं करता अरे आज मेरे को फोन करूंगे बंद करो। ओए। ओए। ओए। ये क्या? सीन है? गाइस, गाइस, ओपी ओपी। इन द चैट, मजाक नहीं चल रहा मजाक नहीं चल रहा है दो मुंडा में आ जाते हैं इसने पर मजा नहीं आयाटी हार जाएंगे ठीक है फील नहीं आ रही मेरे को यार अभी तो मैं अपने भाई में ओपन सामने से आके घुस के, के मारना ठीक है घुस के आवना मारना आवना। आवना। ये ये कैंप कैंप छुपके मारने वाले बिल्कुल पसंद नहीं तो मेरे तुम को तुमने तो बोला भाई छुपके नहीं मारना तुम पीछे से खुद मारे भाई भाई तुम एक नंबर का झूठा आदमी हो भाई अभी कहा हेड हेड पड़ा था भाई यार यार हेलमेट देखो पूरा काला कर दिया तुमने मेरे को आपको अच्छा लगा तो सब लोग एक साथ लाइक कर दो तो, इस वीडियो में लाइक कितना लगे आप बताओ हंड्रेड केंड्रेड के पॉसिबल नहीं भाई भाई तुम्हें पता नहीं है है चलो देखते हैं जितना लाइक हो हो सके आप लोग कर कर दो ठीक नए तो तो चैनल को सब्सक्राइब देना मैंने बोल दिया मैं हार गया तो मेरी इज्जत हल्दा हो जाएगा यार अरे अभी तो लाइव कर रहे हो क्या अबे भाई अभी रिकॉर्ड कर रहे चुपचाप बैठे भाई तो बच गए 1808 का हेड। चलो कोई बात नहीं है सर। सर अरे मानिया। तो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया समझ जाओ ना। ना भाई भाई भाई तुमको 107 तो का मारा ना, वो प्यारा सा। आई लव रेड कलर्स। वॉल नहीं लग रहा मेरा। मेरा अरे मेरा भी नहीं लग रहा अब ठीक हो गया अब ठीक हो गया नहीं वाल, वाल, नहीं लग रहा है यार. एक, नहीं लग रहा रहा यार यार ओए भाई भाई भाई दिया हम भाई को चार से पाएंगे क्या भाई, बच्चा लगा रहे हो क्या बहुत तो बच्चा लगा बहुत अत्याचार ठीक है अब तो अब तो ब्रह्मास्त्र उठाना पड़ेगा अब तो अब तो नहीं बोला मानिया तो नहीं बोला बीच में कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं रुको अब मैं जीत गया ऐसे ना देखो कोई कोई बात बात नहीं नहीं सर जी आ आ जाओ अभी बाकी है मेरे दोस्त आ रहा तुम वो रुको भाई मौका तो देते भाई मौका तो देते शॉट कर लिया था यार मैंने तुम्हें उस ग्लोबल के पीछे देखा तुम इधर से आगे मार गए तो जॉन्टी भाई को हमने हरा दिया यहाँ पर सात छे से तो अगर आपको गेम प्ले बढ़िया लगा तो सब लोग लाइक कर देना जॉन्टी भाई ने लाइक किया है एक लाख लाइक आई डोंट नो से आप लोग कंप्लीट कर दोगे या नहीं तो हो सके तो कर देना एंड जो भी लोग चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक तो के लिए बाई बाय